ऐसी सारी ही रातें घुसरती नहीं दिल को रख मार दे दो, दो पल की खुशी मेरी याद है ये रखती नहीं फिर से मुझको तो कभी तुम तो सारे